देवा बाबू अरे शमी sati देवी देवा तेरे करो योजिया अरे णित सुपात्र पवनित सुधियों पात्र पवनित सुधियों थन से मंदिर देव दे दे रख करो यू जिया जियो मिलेरा करो बोले जा yeah. yeah. yeah. शरण मसी को स्वामी लजिया बोले मड़ी रखो धन श्रीम कदर नी दे करो ना यूजिया चलन भगवान मीडते करो युज़िया ना जगन भगवान